इज कैसे हो सभी राम राम सभी को भाइयों मैं आपके लिए बहुत एक और आज बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ गाइज कि इंस्टा आईडी डी हैक हो जाती है तो उसको वापस कैसे लाए रिकवर कैसे करें गाइज आपको पहले आज मैं दिखाऊंगा कि ईमेल मेल से बैकअप कैसे आ जाती है आपकी ईमेल ऐड होनी चाहिए कन्फर्म भी करना तो आपका और अच्छी बात है तो कोई हैक जल्दी आसानी से नहीं कर सकता तो कंफर्म करना ना बोले वैसे भी कंफर्म जरूर करना अपनी नंबर और ईमेल इंस्टा पे तो गाइज़ मैं अप, मैं अपनी आईडी खुद ही हैक करूँगा खुद ही चेंज करके दिखाऊँगा ये कुछ और तो वापस लाके भी दिखाऊँगा तो गाइज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना थोड़ा सा भी पूरी बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छी वीडियोज गाइज़ तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो वह वो बंदा क्या करेगा कि आपका जो ईमेल है तो आपका ईमेल हटा देगा और आपका फ़ोन नंबर चेंज कर देगा तो जैसे कि मेरा ये इंस्टा अकाउंट है यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाएगा वो उसको जाने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके जैसे आप चेंज कर देते हैं वो कर देता है आ, बाकी जैसे आपको कोई लिंक भेजता है गाइज कि मेरे उस पे आपके उस पे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे इस लिंक पे तो क्लिक करें और अपनी लॉग इन करेंगे सर वो एकदम इंटरफेस भी उसका बहुत इंस्टाग्राम जैसे ही होता है तो अब वहाँ पे सिंपली लॉगिन कर देते हैं तो लॉगिन करने के बाद क्या होता है ना गाइज़ कि वो जो आपका आईडी है वो हैक हो जाती है उसके पास सारा पासवर्ड वगैरह सब कुछ चले जाता है तो आपके उसके फ़ोन में वो ओपन हो जाती है तो वो क्या करता है कि अपना ईमेल अपना ऐड कर लेता है वहाँ पे और ईमेल ऐड करने के बाद अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लेता है वहाँ से कंफर्म कर देता बट उसको ये नहीं पता रहता बट उसको ये नहीं पता रहता कि आजकल इंस्टाग्राम ने बहुत नया अपडेट दिया है कि हम वापस रिकवर कर सकते हैं तो उसके लिए आपका जो ई है जैसे मैंने ई हटा दिया अपना अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा वीडियो बिल्कुल मत करना जैसे मैंने ईमेल मेल हटा दिया मैं अपना दूसरा ईमेल इसमें उसमें डालूँगा और आ, टिक कर देता हूँ एक सेकेंड रुपया वाइज वाइज मैंने ईमेल आपके सामने जो पिछली लिप बैक टाइम में बनाई थी बैक वीडियो में तो देख लेना उसको कैसे बनाते हैं वैसे तो ये ही बनाना दिखाया था उसमें वीडियो देख सकते हैं बाकी मेरी पूरा चैनल जाके देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ तो ये टिक हो गया बाकी कन्फर्मेशन कोड मांगेगा वो कंफर्म वगैरह कर लेगा यहाँ से फ़ोन नंबर चेंज देगा तो आ, ये आपका हो जाएगा फिर जाके सेटिंग्स में जाएगा आपकी सेटिंग्स में जाके यहाँ से पासवर्ड का ऑप्शन आएगा सेकेंड सेकंड सिक्योरिटी में जाके यहाँ से पासवर्ड चेंज कर देगा वो डील एम बेट्स में लिंक जाएगा उस वाले उसमें वहाँ से लिंक से जाकर उसके उसमें ई मेल में चलेगा वहाँ से जाके और नॉर्मली पासवर्ड चेंज कर देगा तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारी ईमेल पे अब जो ईमेल मेल थी हमारी टेक्निकल अर्चित अर्जित जो ये थी उस ईमेल को अपना ओपन करेंगे हम वैसे मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे तो इस वजह से कुछ नहीं आया नहीं तो मैं इस वाली ईमेल को अपना ओपन करता हूं तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो एक मिनट थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्राइज एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ा बहुत डिफरेंस कर दिया मैंने ईमेल चेंज कर दिया तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहले मैंने जो डी बीट्स आपके सामने दिया था तो अब मैंने उसको चेंज कर दिया टेक्नोलॉजी पर चिट में देख सकते हैं जैसे मैं दिखाता हूँ मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अपना उसमें अकाउंट डाल रखा था रियल मेरी जो ई मेल बीट्स वाली थी डी बीट्स प्रोडक्शन वाली आ, आ उसके बाद जो हैकर ने करी है वो टेक्निकल अर्जित मतलब ये कहने का मतलब है हैकर ने टेक्निकल अर्जित वाली कर दी और जो हमारी ई मेल थी वो डी वी एम बीट से जिसके बाद ई वाली ई आई है ये ई है ये सॉलर पर मैं उसको पूरा बैक करके दिखाता हूं तो ये मेरी ईमेल में जाऊंगा मैं ई में जाने के बाद यहाँ से डी वी एम बीट सिलेक्ट सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद तो ये जो मेरा इंस्टाग्राम का ईमेल चेंज आ गया तो यहाँ पे नीचे जैसे ये सिक्योर योर अकाउंट लिखा हुआ इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये अपना क्रोम पे ब्राउज़र ओपन हो जाएगा लोड होगा तो ये अपना लो ओपन हो गया तो यहाँ पे सैंड और सिक्योरिटी कोड जाएगा कोड जाएगा आपके नंबर पे या फिर आपकी ईमेल पे पर कोड जाएगा यहाँ पे एंटर कर देते हैं ये आ चुका है फ़ोन के सिम की स्टोरेज फुल हो चुकी है तो मैं एक सेकेंड रुकीगा भाई जी मैंने ओटीपी भर दिया है ओ भरने के बाद से ये कर दिया मैंने सबमिट सबमिट करने के बाद ये आ जाते कि देखो ये टेक्निकल यूज़र नेम था ये चेंज हो गया मैंने चेंज करा था मतलब तो टेक्निकल अर्चित ये आ गया और ये नंबर ये चेंज हुआ अब यहाँ से इट्स माय करेक्ट और नॉट ये ऑप्शन आ रहा है ये सेट करेक्ट कर देता हूँ मैं वैसे तो आपको नॉट नॉट सिक्योर माई अकाउंट करना है यहाँ से जाके आप पासवर्ड चेंज करना है इसके ऊपर क्लिक करें यहाँ पे यहाँ पे नाम पासवर्ड चेंज होगा पासवर्ड चेंज होने के बाद आपका अकाउंट वापस आ जाएगा पासवर्ड टाइप कर देता हूँ मैं तो क्या मैंने पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर दिया है यहाँ पर हो गया रिकवर योर प्रोफाइल से पासवर्ड रिसीव यू प्रोफाइल आ गया रिव्यू सॉरी तो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली मेरा जो है ना ईमेल वेरिफिकेशन नहीं है सब कुछ नहीं है इस वजह से नहीं हो रहा मैं आज इसकी सॉरी सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ बाई आपका जो अकाउंट है वॉकअप आ जाएगा तो ऐसी वीडियो जो है और लाता रहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा लें जिससे कि जो मेरी नई वीडियोज़ आएँगी वो आप तक पहुँच जाए नए अपडेट थैंक यू